हेलो दोस्तों मैं आपका दोस्त एस टेक्निकल खड़का जी तो दोस्तों मैं आपके लिए एक न्यूज़ लेके आया हूँ कि रेडमी नोट 5 प्रो कल लॉन्च होने वाला है तो दोस्तों मैं आपको ये बता रहा हूँ जो मेरे पास भी एक पीडीएफ फाइल आई है जिससे रेडमी नोट ने लीक की है या किसी और ने लीक की हम क्योर नहीं कह सकते मगर दोस्तों मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये जो रेडमी नोट फाइव लॉन्च हो रहा है आपने इसका लुक देख ही लिया होगा और मैं आपके इसके देखिए इसमें जो बेहतरीन जो दिया जा रहा है स्नैप ड्रैगन का 636 वाला प्रोसेस दिया जा रहा है और आपको इसमें थ्री जी और बत्तीस जी वाला और फोर जी और सिक्सटी फोर वाला रोम देखने को मिलेगा रैम और रोम दोनों को देखने दो, दोनों दोनों वरियट में देखने को मिलेगा दोस्तों मैं आपको इसमें दूसरी बात बता दूँ जो लोगों का ध्यान जिसमें ज़्यादा जाता है एक बारह मेगा प्लस फाइव मेगा जो डोअल कैमरा जिसमें आप पोर्ट्रेट मोड फ़ोटो खींच सकते हैं आसानी से और दोस्तों और आपको इसमें फ्रंट का जो हाई हो रही है कि फ्रंट का आपको 20 मेगापिक्सल कैमरा मिलेगा जो एलईडी ई मतलब जिसमें आप फ़ोटो एकदम